आज आज वीडियो वीडियो में हम हम खेलने हैं तो जल्दी से अपनी को शुरू कर बस चलाएंगे हर बार की तरह हम चैलेंज करते हैं तो आज बस यूएम का चैलेंज करते हैं हाँ राइस अब मैं कुछ तो चला नहीं सकता इसलिए बस आ, मुक्के मुक्के हो हम मैं डाउन हो रहा हूँ बस सबके साथ ही रहता हूँ ताकि थोड़ा सा अरे मैं डाउन हूँ बहुत चल रहा था कौन में डाउन हो बंद सामने राइज तो मैंने यहाँ बुक से एक डाउन किया है और गलती से मुझसे माइक खुला रह गया था। इसको इसको दिलाई दे दो अरे मैंने मैं ये क्यों उठा लूँगा राइज वहाँ पर एक और बंदा आ चुका है मज़ा देखल खाई बाय बाय गुड बाय तो राइ आप बताना ये दोनों हैड आपको कैसे लगे अच्छे लगे तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर देना चलिए यूएमपी ले लेते हैं अपना चैनल शुरू करते हैं आज का आज हम करने वाले हैं यूएम पी चैनल ये तो मैं बताना भूल ही गया हाँ राइज तो हम आज नहीं यू चैलेंज करने वाले हैं तो बस यू चैलेंज करेंगे और क्या चलो आगे चलते हैं हर बार की तरह आज भी मेरा पिंग हाई जा रहा है लेकिन कभी कभी नॉर्मल हो जाता है अभी मैं यहाँ पर ब्लू लगा देता हूँ अगर किसी के ओ तो है ओ भाई अपने रास्ता तो। है भाई दोनों तरफ तो से लड़की एक ये लड़की थे भाई उन्होंने मुझे दिया था ना मुझे बोल भाई ट्रिपल किल किया है तो भाई भाई ने इस राउंड में इस मैच को तो हमें कैसे ना कैसे करके तो भूया निकालना ही पड़ेगा हमें यूएमपी चलानी है तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो ले नहीं सकता ब्लू तो वो ही लेता हूँ और गाइज आप ना मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं काय काय का चैलेंज करूँ गाइज बस आज की वीडियो पर मैं एम करता हूँ फाइव लैक्स के लिए एम कम्प्लीट करवा देना और नहीं होता है तो कोई बात नहीं लेकिन हो सके तो प्लीज़ यहाँ लाइक कर देना यार वीडियो को और बस यहाँ पर चलते हैं बंदे देखता हूँ और पिछले वाला जो मैंने पहला किल किया था उसका हैद आप क्या आपको कैसा लगा वहाँ पे अभी छोटा सा पड़ा और डाउन है एक छोटा सा हेब इसको भी पड़ा इसी में कि चुना लूँ तो मैंने अपना कोई कन्फर्म किया है मैंने इतना डैमेज दिया था तो तो मुझे एक नहीं चाहिए नो थैंक्स अरे यहाँ बनूगा बन इतने में किसी ने तेरा और लिए खा लिया ऐसे है कोई गल नहीं ओ पी वाला बहन माँगा अरे मैंने ये वापस से दी बास अरे यार कोई बात नहीं मैं इसे फेंक दूँगा और हाँ मुझे हीरोज लाइन मिल जा मिल गई थी शायद शायद हाँ मिल गई थी मैं एम फेंक ही देता हूँ क्या पता अगर किसी को चाहिए हो तो ले ले बहन से, जो भी हो आप छोड़े ना हम ये भी ले लेते हैं यहाँ से थोड़े ले, ले लेते हैं बस और ये ही यार मैंने गलती से वो कॉम ले लिया भाओ हु में भाग रहा मैं। और पड़ा डाउन डाउन डाउन है, है गाइस बंदा और ये मैंने ऐसे पूरा खत्म किया है मैं यहाँ ग्लू लगा लेता हूँ थोड़ा सेफ्टी हाँ एक बंदा बोला जल्दी माइमार मैं फालतू की करना फालतू कर तो और गाइस यहाँ पे हमने भूलिया निकाल सकता है निकाल दिया है गाइज कभी बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में टेक एंड बाय बाय